खाओ बनाओ 96 चैनल हम लोग ने अनियंस काटके रखे हैं अनियंस के जो रेशो है वो चार अनियंस हम लोग ने स्मॉल साइज में बहुत बारीक साइज में कट किया है आप लोग को बारीक साइज में ही कट करना है ये छह से सात ग्रीन चीज मैंने कट की है और ये थोड़ा सा जिंजर लिया हुआ है और ये लहसन है छोटा छोटा काट कर का गाइज इसको मैंने डायरेक्टली कट कट काटने वाला वीडियो नहीं दिखाया है बिकॉज ऑफ वीडियो देनद ही ना हो जाए एंड हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है जो पनीर में बहुत ज़्यादा पड़ता है वो है टमाटर टमाटर की प्यूरी तो हम लोग ने तीन टमाटर का प्यूरी बना के रेडी कर दिया है आप लोग को ऐसे ही सेप में ग्रिट कर लेने हैं मिक्सर में ये देखिए ओके okay, अभी हम लोग उसको बनाएंगे और आप लोग दिखाएंगे कि कैसे बनता है स्पून ऑयल डालना है बिकॉज ये पनीर की सब्जी है तो आप लोग इसमें ऑयल में कोई भी कटूसी नहीं कर सकते हो हम लोग ऑयल डालना पड़ेगा बिकॉज नहीं तो फिर ऑनियन अच्छे से पकेंगे नहीं और वो एकदम नॉर्मल सब्जी जैसा हो जाएगा तो so गाइज जैसे कि बताया आपको मैंने चार टीस्पून स्पू टेबल स्पून हम ऑयल डालने के बाद हम लोग को वन टीस्पून घी भी ऐड करना है तो बहुत इम्पोर्टेंटी स्टेप है ये आपको फॉलो ही करना है नो ऑप्शंस। गाइस, हमारा जो ऑयल है और घी है तो एक दूसरे में मिक्स हो गया है अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे खड़े मसाले ऐड करने के बाद हम लोग को हल्का हल्का इसको भून लेना है बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है गाइज अभी इसमें हम डालेंगे जीरा देख लोज आप लोग और इसमें मसाले पड़ते हैं आप लोग को मसाले अच्छे से डालना है जैसे कि स्टार्ट करता हूँ मैं ये हल्दी पाउडर से हम लोग ने हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है वन टीस्पून है ये हम लोग ने धनिया पाउडर यूज कर लिया है वन टीस्पून ये भी है फिर हम लोगों को हमारा जीरा पाउडर एड करना है वन टी ये हम लोग का गर्म मसाला है वो भी एक टी और ये हमारा रेड मिर्ची पाउडर ये भी हम लोग को ऐड कर लेंगे डालना है और तांधे डालना है और ये तांधे जो है पकते रहेंगे साइड में हम लोगों को थोड़ा सा लहसुन भी डाल देना है और उसको तो भी पका लेना है उसकी फ्लेमिंग बहुत अच्छी आ रही है हम लोग ने अच्छे से अनियन मिक्स कर लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि इसी टाइम में हम लोगों को हमारा नमक ऐड करना है तो नमक हम लोग को अच्छा खासा डालना है बिकॉज ये ग्रेवी बन रहा है ग्रेवी के बाद और भी इंग्रेडिएंट पड़ते जाएंगे जैसे जैसे नीड लगेगा जैसे कि आप लोग देख रहे हो गए यहाँ पे हल्का हल्का ऑयल कांदे को भून रहा है तो हम लोग इसी स्टेज पे इसको भर करेंगे इसको हम लोग कम से कम तीन से चार मिनट तक ढके रहेंगे और इसको हल्का हल्का चलाते रहेंगे फिर मिन, मिन, तीन मिनट चार मिनट तीन मिनट जब तक का ये कांदा एकदम गल ना जाए अभी हम लोगों का थोड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आ गए हैं ये कांदा एकदम भून गया है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। मैंने लाइट ऑन कर लिया है अब ये स्टेप्स पर हम लोगों को थोड़ा सा बेसन ऐड करना है जिससे हम लोग की ग्रेवी अच्छे से थिक बने और ये जितने ढाबे वाले होते हैं ना, नाइस ये सारे इस नुस्खे को आजमाते हैं इसलिए ऐड किया है बिकॉज हम लोग को जिंजर की फ्लेमिंग चाहिए तो हल्का सा ही ऐड करना ज़्यादा हम लोग को जिंजर नहीं चाहिए एंड इसको स्लाइटली मिक्स करना है और हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पेस्ट टमाटो पेस्ट एवरेट इसी स्टेज पे हम लोगों को अच्छे से मिक्स करना है इसको और फिर से ढक देना है जब तक टमाटर पानी ना छोड़े, ओके अभी हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेवी तो मैं झूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि हम लोग की ग्रेवी ऑलमोस्ट अब रेडी है वो हो गई है ठीक है इसको हम लोग ग्रिड करेंगे मिक्सर में आप लोग अच्छे से देखें ठीक है अब ये हम लोग फ्लेम बंद कर देंगे लोगी ग्रेवी ग्रेवी ग्रेवी एकदम ठंडी हो गई है। है। अभी इस ग्रेवी को, को को जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं मैं भी करके लोगों दिखाता दिखाता ये जस्ट मिक्सर में ग्रेट करना है। उसके बाद आपको टेक्सचर इसमें मैं डाल देता हूँ एकदम थिक बना हुआ है हम लोगों ने अच्छे से मिक्सर में ये कर लिया है डाल दिया है और इसको बंद करके हम को ग्रेड कर लेना तो आप लोग भी ऐसे कर लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है ये हम लोग का प्रॉपर ग्रेवी हो गया ये थोड़ा टफ है उसके वजह से लोगों को थोड़ा सा मिक्सर आवाज करा था, बाकी ये ग्रेवी ऐसे ही होटल की ग्रेवीज रहती हैं राइस ग्रेवी रेडी है